पार्टनर इतना टाइम कहा लगा हो अरे गोमर खा बाची से भेंट हो गई गय करे नाथे में देर हो गयी लार ला। तोर चैन नहीं खे बाजार ऐसी खेत में भिड़ गयी ला करी पार्टनर अगर हमारा बाबूजी के पास चले ना के वे देश के प्रधानमंत्री बना दिए प्रधानमंत्री अरे उन बस चले न तो बैल के जगह में तोरे के नाथ दिए ना दी है, है, है, है बाबू जोत के हहंगाईयो दी है आ, लेकिन पार्टनर हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी कह के गले जय जवान जय किसान खेतीबाड़ी से ऐसी दुनिया में दुनिया काम ना होला? हाँ, खेती खेतीबाड़ी? अरे तू तो पगला पकड़ा गई बड़ा ते जवानी का गोबर गुथार में जान करे का कर चाहता रे हमरा नजरिया से तुम देखोगे तो समझ जाओगे अरे तोर नजरिया गई तेल नए कहे की तुर नजरिया भी तो बुढ़वा बाप खानी हो गई बा हम कह रहे हैं एक बार देखाने में कहा जाता है तो पार्टनर बुझा गई तो खेला खत्म है बाख ली खेती ग्रहस्थी के चक्कर में तो बुढ़वा बाप तोरा के काम करवा करवा के मुआना देल तो हमारा नाम पे कुत्ता सही से, से बचा ले भगवान बाबू जी रउर खिलाफ में भर के भर तो लो लेकिन हम देखे पूरा खेत में खाद छीट बेटा देना बहुत बढ़िया कहला लेकिन वो कहा सुधर बा कबाद सुधर जाये सुधर बाधर जाये बाबूजी आप लोग आशे करता हूँ बढ़िया होंगे अगर जरा सब अच्छा लगा हो तो लाइक करे कमेंट करे और दोस्तों में शेयर कर दो और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए इस चैनल और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।